समय आपके साथ कभी नहीं चलता है बल्कि आपको समय के साथ चलना पड़ता है कितना भी पकड़ लो यह फिसलता जरूर है यह वक्त है साहेब बदलता जरूर है बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो मजबूरियों को मत कोसो हर हाल में चलना सीखो वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए अवसर के बिना अक्सर काबिलियत कुछ भी नहीं है केवल दो ताकतें हैं जो पुरुषों को एकजुट करती हैं पहला है भय और दूसरा स्वार्थ संभव शब्द सिर्फ बेवकूफों के शब्दकोश में पाया जाता है अनजाने रास्तों पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं कायर तो पर चित्राह पर ही तलवार चमकाते हैं कल्पना ही दुनिया पर शासन करती है वो व्यक्ति जो प्रशंसा करना जानता है वह अपमानित करना भी जानता है मरने की तुलना में कष्ट सहने के लिए ज्यादा साहस चाहिए होता है जीत उसे मिलती है जो सबसे अधिक रहता है इस दुनिया में केवल एक ही चीज है और वह है दौलत और बेसुमार दौलत शक्ति और अधिक शक्ति प्राप्त करना बाकी सब व्यर्थ है हौसला होना चाहिए सफर तो कभी भी शुरू किया जा सकता है साहस वो नहीं है जब शक्ति हो साहस वो है जब आप में शक्ति ना हो फिर भी आप डटे रहते हो जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो तो याद रखिए हवाई जहाज हवा के खिलाफ उड़ान भरता है उसके साथ नहीं सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं सपने वो हैं जो हमको सोने नहीं देते जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो सही समय पे सही और कठोर निर्णय लेता है शुरुआत करिए जब लोग डर रहे हों कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं जीता वही जो डरा नहीं कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली होता है इन्हीं विचारों के साथ आज की वीडियो से विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके जीवन में अवश्य ही बदलाव और प्रगति लाएगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद